खुद को आजमाते आजमाते बदल गई जिंदगी खुद को सूरज से पहले जगाते बदल गई जिंदगी अरे क्या बात है, खुद को आजमाते आजमाते बदल गई जिंदगी जुनून की आग जलाते जलाते बदल गई जिंदगी लोग कहते थे क्यों वक्त बर्बाद कर रहा है मैंने कहा आप देख पसीना बहाते बहाते बदल गई जिंदगी